श्योपुर के विजयपुर कस्बे में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है चोरी की वारदात से परेशान महिलाएं व्यापारियों के साथ एसडीओपी को ज्ञापन देने पहुंची, जहां महिलाओं की एसडीओपी के साथ जमकर नोकझोंक हुई इस दौरान बीजेपी की महिला नेत्री तारा देवी ने एसडीओपी डी की टेबल आरोप चूड़िया रख दी और पुलिस प्रशासन आरोप चोरी रोकने में नाकाम होने के आरोप लगाए चोरी की बढ़ रही वारदात ऐसी नाराज विजयपुर कस्बे के लोग सड़क आरोप उतर गए वे प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर की कार्रवाई से खफा थे उनका कहना था कि पिछले एक माह से कस्बे में अज्ञात चार दिन पूर्व एक ही रात में अम्बेडकर कॉलोनी में पांच घरों से हुई लाखों रूपए की चोरी की वारदात में सिर्फ एक ही मामले में केस दर्ज किया है ऐसे में विजयपुर एस डी ओ पी दफ्तर पर चोरियों पर लगाम लगाने और टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे तभी बीजेपी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष तारा देवी और एसडीओपी के बीच नोकझोंक हो गई इस दौरान तारा देवी ने यह कहते हुए अपने हाथों से चूड़ी निकालकर एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा की टेबल पर रख दी कि कार्रवाई करो नहीं तो चूड़िया पहन लो इसके बाद एस ने भी कह दिया की ये चूड़िया आप थाना प्रभारी को पहनाए मुझे आवेदन दे मैं जांच करूंगा नहीं ले तो कराऊंगा तो ना कार्रवाई मेरे को तो दो दो है तुम्हारे क्या रहा है वो तो तो कब चलो मैं लगवा कब तक कार्रवाई हो जाएगी अरे तो भाई मेरे एफ आई नहीं है आप मैं बात समोसा करोड़ी दे रही हूँ गलत बोलता है हमारे लिए